दोस्तों कैसी बात होगी दोस्तों आज हमारे नौ क्लासें कम्प्लीट हो गई है नौ क्लासे कंप्लीट हो गई है दसी क्लास आ गई है दोस्तों यदि आपने अभी तक नौ क्लास नहीं देखी है तो उनकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है तो दोस्तों वहां जाके देख लेना तो दोस्तों आप सभी का हमारे ऑनलाइन आर्मी स्टेमेट सभी का स्वागत है दोस्तों आज आपके लिए गए आरती क्लास तो देखिए दोस्तों और आपके लिए कुछ खबरी मैंने पहले वाले वीडियो में भी बता दी थी कि आपके लिए टोटल हज़ार क्वेश्चन का जल्द ही सर को बोल दिया गया है टाइपिंग करने के लिए वो जल्द ही टाइपिंग कर देंगे हो सकता है जमीसन कंप्लीट होते ही आपको एक साथ करवा दिया जाए तो दोस्तों लगातार बने रहें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चलो दोस्तों बिना टाइम गवे स्टार्ट करते हैं 801 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आठ नंबर आठ नंबर क्वेश्चन क्या है देखें भारत के मानक समय और ग्रीन समय में कितना अंतर है बताओ जल्दी से भारत के मानक समय और ग्रीन समय में कितना अंतर है साढ़े घंटे का कितना है साढ़े पाँच घंटे का अगला क्वेश्चन देखो आठ सौ दो नंबर क्वेश्चन भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है जल्दी से बताओ भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है पंद्रह दो सौ किलोमीटर है पंद्रह दो सौ किलोमीटर है दोस्तों जितना वो सके बार बार रिविजन करता रहे ऐसा नहीं आप एक बार देख लिया नहीं जितना याद करने की क्षमता बढ़ाई ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो आठ नंबर क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी सुरंग सभी को पता है जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है पीर, पंजाल सुरंग किस राज्य में है जम्मू कश्मीर सबसे बड़ी क्या है सबसे लंबी सुरंग है ठीक है अगला क्वेश्चन देखो आठ सौ चार नंबर क्वेश्चन देखो भूविज्ञान के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत पर है वहाँ पहले क्या था भूविज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था वहाँ पहले था तीतीस नामक सागर था तीतीस नामक सागर था अगला क्वेश्चन देखो आठ नंबर भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था बताओ जल्दी से जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो कहाँ है नैनीताल उत्तराखंड में ठीक है अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों लगातार बने रहे दोस्तों जल्दी जल्दी से जितना हो सके उतना जल्दी मुझे पता है कि टाइम बहुत कम बचा आगामी परीक्षाओं के लिए जितना जल्दी हो सके हम आपके लिए बहुत कुछ आगे प्लान बना रखा है कुछ करने का तो दोस्तों लगातार बने रहे अगला क्वेश्चन देखो आठ नंबर कौन सा अभ्यारण जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा बारण जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है पेरियार केरल में स्थित है ठीक है अगला क्वेश्चन देखो आठ सौ सात नंबर क्वेश्चन लाहौर लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है सदा ए सरहद जो लाहौर दिल्ली बस सेवा होती है वो सदा ए सरहद कहलाती है आठ नंबर क्वेश्चन देखो कोयला की सरबन किस्म कौन सी होती है और इसमें मेरे ओर से कितना परसेंट कार्बन की मात्रा होती है बताओ जल्दी नहीं आता जल्दी देखो एंथरेसाइट सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है एंथरेसाइट जो कोयला सर्वोत्तम है अगला क्वेश्चन आठ सौ नौ नंबर क्वेश्चन देखो सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला था सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला था मोन में मिला था अगला क्वेश्चन देखो नंबर ऑपरेशन फल्ड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे ऑपरेशन कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे ऑपरेशन फल्ड ना अगला आठ नंबर क्वेश्चन रब्बी की पसलों की बुआई कब की जाती है अक्टूबर में नवंबर दिसंबर कैसे? कैसे जैसे जैसे जैसे नवंबर में कंप्लीट होती है जून से सितंबर में हो जाती जाती है तो जाती है है है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कौन सी बरसात बरसात पर करता रबी की, की बोई अगला क्वेश्चन आठ सौ तेरह नंबर फुटबॉल का ब्लैक काला हीरा किस कहा जाता है बार बार आर्मी के एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों पहले किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है मणिपुर को मणिपुर को आठ सौ सोलह नंबर क्वेश्चन देखो गेमी बट शब्द किल खेल से जुड़ा है सतरंज से गेमी बट संतर है ना साथ, साथ गेमी बट है ना आठ सौ सतारह नंबर क्वेश्चन देखो क्रिकेट पिच में पॉपिंग क्रिज और स्टम्प के बीच की दूरी कितनी होती है क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रिज और स्टम्प के बीच कितनी दूरी होती है समझो दोस्तों ये इनका सो नहीं सकते हैं इसका मैं डिस्क्रिप्शन अगले क्लास में करूँगा ठीक है आठ नंबर भी मिस हो गया आठ नंबर क्वेश्चन देखो स्ली पॉइंट किसकेल से संबंधित है बताओ सिलीप पॉइंट अपने दोस्तों को शेयर कर दी किस देश की टीम ने फुटबॉल फुटबॉल का विश्व कप पांच बार जीता है ब्राजील ने आठ सौ इक्कीस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, है? इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, है? बेंगलुरु के अंदर है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है अप्सरा है आठ नंबर विक्रम सारा बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों आठ नंबर क्वेश्चन और आठ नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है विक्रम सारा अंतरिक्ष के अंदर स्थित है त्रिवेंद्रम कहाँ है त्रिवेंद्रम त्रिवेंद्रम ठीक है आठ नंबर वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है देहरादून में नंबर क्वेश्चन अंटार्क्टिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया दक्षिण गंगोत्री अंटार्क्टिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशालाओं के नाम दिया दक्षिण गंगोत्री अगला क्वेश्चन देखो आठ सौ छब्बीस एलिसा इलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है एलिसा है ऐसे है ना एलिसा एड्स जिसको एड्स रोग होता है ना एड्स रोग वालों का लिए परीक्षण किया जाता है एलिसा अगला क्वेश्चन आठस होता है क्वेश्चन देखो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है नारंगी होता है आठ छोटा इस नंबर क्वेश्चन देखो खुरपक्का खुरपक्का वंह पक्का रोकिन में बैठता है गाय और भैंस में होता है खासतरह आपने देखा होगा है तो ना आठ सौ तो उनतीस तो नंबर क्वेश्चन सूचना की उस सबसे छोटी काई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ वो प्रोसेस कर सकता है बिट होता है क्या होता है बिट जो कंप्यूटर क्या कहता है, है सोचने की मतलब सूचना लेवल छोटी काई होती है वो कंप्यूटर जिसे समझ भी सकता है जिसे वो प्रोसेस में चल सकता है 823 830 नंबर नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं सॉरी क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है सत्ताईस नंबर क्वेश्चन में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात लिंगानुपात कितना है 940. नंबर क्वेश्चन देखो वर्ष दो हज़ार की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं के प्रति हज़ार पुरुष पर अनुपात लिंग अनुपात का सबसे कम है हरियाणा दोस्तों लगातार बने रहे वीडियो पर दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है जितना मुझे पता है दोस्तों आपको सर बोला वह जल्द ही वो प्रोवाइड करा देंगे और दोस्तों मैंने कुछ आपके लिए बहुत कुछ सोचा है आगे करने का तो लगातार दोस्तों जो भी आर्मी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है जल्दी जल्दी जितने भी है जितने ग्रुप्स में दीजिए और दोस्तों को बता दीजिए कि ओनली आर्मी पर धमाका होने वाला है क्वेश्चन क्वेश्चन देखो 833 नंबर 2011 की तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ओनन जीसी का मुख्यालय कहा स्थित है देहरादून ओन जीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है देहरादून भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ पर स्थित है हिमाद्री कहाँ पर स्थित है आर्कटिक महासागर आर्कटिक जो महासागर क्या है सॉरी आर्कटिक क्षेत्र के ओर पड़ता है अगला आठ नंबर क्वेश्चन क्या राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित है अगला क्वेश्चन क्या संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था बहुत जल्दी जी सचिन सचिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ठीक है अगला क्वेश्चन प्रारूप रूप से प्रारूप मतलब समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था जल्दी होता आप है ना डॉक्टर अंबेडकर को अगला क्वेश्चन देखो भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने प्राप्त है नागरिकों को कितने द्वारा प्रस्ताव में कौन से शब्द जोड़े गए हैं बयालीसवें संशोधन हुआ था उन्नीस उसके अंदर जो प्रस्ताव में कौन से शब्द जोड़े गए थे समाजवादी धर्म निरपेक्षता तीन शब्द जोड़े गए थे क्या है भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है जो हमारी दक्षिणी और पश्चिमी मासूम आता है ना तो समझ जाना बहुत अधिक वर्षा होने वाली है आठ सौ नंबर क्वेश्चन भारत में औसतन वर्षा कितनी हो जाती है भारत में 118 सौ अठारह हो जाती है अगला क्वेश्चन आठ सौ बयालीस नंबर जल्दी से दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है देखो देखो अभी बता रहा है है दक्षिण और पश्चिम तो सबसे पहले केरल के अंदर मारता 849 क्वेश्चन क्वेश्चन दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब कब आरंभ हुआ हुआ या विश्व विकास वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया आठ सौ पैंतालीस नंबर विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नाम है विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नाम है इंटरनेट ठीक है आठ सौ छियालीस नंबर क्वेश्चन देखो ई मेल के जन्मदाता कौन है ठीक बहुत क्वेश्चन अच्छा टॉम लिसन है ठीक है रे टॉम लिसन है अगला क्वेश्चन देखो आठ नंबर क्वेश्चन वर्ल्ड वाइड वेब वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कौन है फुल फॉर्म तो सभी को याद है, है ना अब इस कार एग्जाम क्या है कुछ भी आ सकता है एग्जाम के अंदर तो सभी को पता टीम टिम वर्नर्स होता है टिम वनर्स तीन है टीम वनर्स ली टी वनर्स ली ठीक है आठ फोर एट एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है हाईपेड टैक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल एच का पूर्ण रूप क्या है कंप्यूटर का नाम है हाईपेड टैक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल अगला क्वेश्चन आठ नंबर दीपिका कुमारी का संबंध किस कैल से है दीपिका कुमारी का संबंध किस कैल से है तीर्दांजी से किसके तीर्दांशिशें आठ सौ पचास नंबर क्वेश्चन क्या भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा जाता है भारत में जो करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है सत्रह भाषा में लिखा होता है सत्रह भाषा में लिखा होता है अगला क्वेश्चन देखो आठ सौ इको नंबर क्वेश्चन फ्रांस की क्रांति कब हुई थी फ्रांस की क्रांति कब हुई थी फ्रांस की क्रांति कब हुई थी सत्रह सौ नवासी में सत्रह सौ नवासी में सत्रह सौ नवासी में ठीक है याद रखना फ्रांस मतलब सत्रह सौ नवासी में दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया दुनिया के मजदूरों एक हो कार्ल मार्कस ने दिया था कार्ल मार्कस ने दिया था ठीक है अगला क्वेश्चन आठ समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है बताओ जल्दी से समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है फ्रांस की राज्य क्रांति का अगला क्वेश्चन एशिया का नोबेल पुरस्कार पुरस्कार को है ना सर्वाधिक ओजोन सहकारी गैस कौन सी है सर्वाधिक ओजान सहकारिक गैस कौन सी है? सी एफ सी कलोर सी एफ है जो सर्वाधिक ओजोन सहकारी गैस होती है आठ सौ छप्पन नंबर क्वेश्चन क्या है का पूरा नाम क्या है बताओ जल्दी से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ये तो आपको क्वेश्चन आते होगा सौर मंडल में घरों की संख्या कितनी होती है आठ पहले नौ थी नौ में कौन था पोलूटो यम था जिसको 2006 में अठा दिया गया था अगला क्वेश्चन अब कितने अब आठ है याद रखना ना भूल मजाना आठ सौ नंबर क्वेश्चन जब चंद्रमा जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है कौन सा ग्रहण लगता है बताओ चंद्र में बी में आ जाता है सूर्य बीच तो सूर्य ग्रहण हो जाता है ठीक है अगला क्वेश्चन क्या है जल का शुद्धतम रूप कौन सा है सभी को पता है वर्षा का जल कौन सा है वर्षा? अगला क्वेश्चन क्या है? हो गया ना आठ सौ उन साठ नंबर क्वेश्चन अगला 860 नंबर क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो आप विद्युत का अगला क्वेश्चन आठ सौ दोस्तों हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है और हम सोचते हैं हम जानते हैं कि जितना हो सके बच्चों को अच्छा मेटर प्रोवाइड कराएँ दोस्तों आठ नंबर क्वेश्चन इसलिए मैं दोस्तों थोड़ा जल्दी हूँ तो यदि आप धीमे देखना चाहते हो तो वीडियो को जो मैं कर सकते हो तेज़ दिन तेज़ में देख सकते हो जितना मैं बोल रहा हूँ जितना बढ़िया है ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन आठ सौ इकसठ नंबर क्वेश्चन है रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस सतह से प्रवर्तित होती है रेडियो तरंगें वायुमंडल किस सतह से प्रवर्तित होती है आयन मंडल से हवाई जहाज वायुमंडल की किस प्रत में उड़ते हैं हवाई जहाज वायुमंडल की किस प्रत में उठते हैं मतलब समताप मंडल में किस मंडल में समताप मंडल में ठीक है दोस्तों तो हवाई वाला भी हो गया समान ताप के ऊपर उठते हैं वाई मंडल मतलब सवाई समताप मंडल हो गया ना अगला आठ नंबर क्वेश्चन देखो सोव मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है सोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है 18 किलोमीटर होती है आठ नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अगला क्वेश्चन देखो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है जून के महीने से सितंबर, है ना जून से सितंबर तक आठ सौ पैंसठ नंबर क्वेश्चन देखो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने की थी अगला क्वेश्चन तो देखो कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी कोलकाता के अंदर एक मिशन, मिशनरी मिशनरी ऑफ चैरिटी मतर टेरेसा की थी आठ नंबर क्वेश्चन देखो लेडी विथ दट लेम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है लेडी विथ द लेंप के नाम से कौन प्रसिद्ध है फलोरेंस नाइनटी गेल भाई सर दोस्तों बच्चों आपको बता देता हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेडी विद द दैम्प लेडी विद द लेंप के नाम से कौन प्रसिद्ध है फलोरेंस नाइनटी गेल प्रसिद्ध है नाम मटपट्टा है, है क्वेश्चन एवन बढ़िया है एग्जाम में पूछते भी हैं आठ सौ वर्ष में कौन सी गैस जलने में सहायक होती है ऑक्सीजन अगला क्वेश्चन आठ सौ तक वायुमंडल का कितना भाग उनतीस किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है वायुमंडल का कितना भाग उनतीस किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है सितानवे प्रतिशत कितना प्रतिशत सितानवे प्रतिशत आठ सौ सत्तर क्वेश्चन देखो अठारह सौ सत्तावन की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था अठारह सौ सत्तावन की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था सरबीयुक्त कारतूस का सेना में प्रयोग अठारह सौ इकहत्तर क्वेश्चन देखो सन उन्नीस सौ ढाका में मुस्लिमों की स्थापना की थी ढाका में मुस्लिमों की स्थापना किसने की थी आगा खान और सलीम उल्ला खान ने आगा खान जी ने और सलीमुल्ला खान ने की थी भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली बोता था क्वेश्चन भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली अठारह में अठारह सौ में चली थी ठीक है अठारह सौ बोल मजाना 1854 चली थी अगला क्वेश्चन देखो और सुनता था बंगाल बिहार ओडिशा बंगाल बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया सत्रह में लॉर्ड कार्नवालिस ने किया नंबर चो, क्वेश्चन आ गया पानीपत की पहली लड़ाई के अंदर बार बार के लड़ाई लड़ाई थी थी। चो, से गिरकर -गिर लड़ी गई थी अरे भाई मुगल बादशाह पूछ रहा है मुगल बादशाह में तो ये थे तो किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसके उपलक्ष में बनवाया था अकबर ने फतेहपुर सीकरी में है ना बुलंद दरवाज़ा किसके उपलक्ष में बनवाया था गुजरात में विजय होने उपलक्ष में आठ सौ सतहत्तर नंबर क्वेश्चन भू राजस्व की दहशाला पद्धति किसने लागू की थी भू राजस्व की दहशाला पद्धति अकबर ने चालू की थी औरंगाजाब औरंगाबाद में ताजमहल की प्रति कृति किसने बनवाई थी औरंगजेब ने बनवाई थी अगला क्वेश्चन लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी सामजी गुप्त कृष्ण गुप्त वर्मा ने की थी तो दोस्तों बहुत अच्छा हो रहा है दोस्तों आप लगातार बने रहें दोस्तों आपके लिए बहुत कुछ खास होने वाला है बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आठ सौ अस्सी नंबर क्वेश्चन देखो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था लॉर्ड डफरिन था लॉर्ड डफरिन था कांग्रेस की स्थापना के समय दोस्तों आपका टाइम इसलिए जल्दी जल्दी कराऊँ क्योंकि आपका भी टाइम बच पा रहे आप भी कुछ अपनी ओर से अलग कर सकें पढ़ सकें रिविजन कर सकें पिछले दोस्तों थोड़ा जल्दी हूँ सॉरी और आपको धीमा देखना आप धीमे कर सकते हो थोड़ा तेज़ देखना चाहते हो तो तेज़ भी कर सकते हो आप भी कर सकते हो ना तो दोस्तों मैं चल रहा हूँ आठ नंबर क्वेश्चन है नहीं वो आठ नंबर चलो आठ सौ इक्यास नंबर क्वेश्चन देखना विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है अरब प्रायद्वीप है आठ नंबर क्वेश्चन देखो पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है सयात्री व्रत श्रृंखला श्रया सहयात्री श्रृंखला के नाम से जाना जाता है आठ सौ तैंतीस नंबर क्वेश्चन देखो तम्बाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है तम्बाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है निकोटीन। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है छः महीने के लिए राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने कितने समय के लिए लागू रहता है छः महीने के लिए आठ सौ पचास नंबर क्वेश्चन मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है मौसमी गुब्बारों में क्या पूछा है मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है का। मानव शरीर में रुधिर व्यंग का कार्य कौन सा करता है मानव शरीर में रुधिर व्यंग का कार्य कौन सा करता है आठ सौ नंबर क्वेश्चन देखो गाय के दूध का पिला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है गाय के दूध का पिला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है कैरोटीन की वजह से आठ नंबर क्वेश्चन देखो विश्व एड दिवस कब मनाया जाता है एक दिसंबर को आठ सौ नब्बे नंबर देखो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मान लो ये भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था मैडम भिखाजी कामा ने किया था मैडम जी भिखाजी कामा ने राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था आठ सौ नंबर नब्बे देखो सन अठारह में आत्मीय सभा का कट्टन किसने किया था सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था राजा राम मोहन राय ने किया था किसने किया था राजा राम मोहन राय ने आठ सौ इकानी में कौन सी ऊर्जा होती है ऊर्जा होती है आठ सौ बार नंबर क्वेश्चन देखो प्रतिरोध का मात्र कौन सा है प्रतिरोध का मात्र कौन सा है अगला क्वेश्चन देखो फ्यूज फ्यूज फ्यूज की तार किस प्रकार की बनी होती है टिन तो टीन और शीस की शीसा होता है ना? इलेक्ट्रॉन की खोज जजे थोम्स ने की थी आठ सौ छियानवे गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए न्यूटन ने बनाए थे आठ सौ छियानवे नंबर परमाणु भूमि आविष्कार किसने किया था ऑटोफोन ने किया था ऑटोमेटिक खोल जाते परमाणु ऑटो होने से रखो क्या दिक्कत है इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है नाइक्रोम से इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली किस तरह की बनाई जाती है नाइक्रोम से बनाई जाती है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस क्या सकें हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहा क्या सकें अगला क्वेश्चन आठ सौ निन्यानवे कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है सल्फ्रिक अम्बल का प्रयोग होता है और अगला लास्ट क्वेश्चन नौ सौ की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई थी सन उन्नीस में लागू हुई थी कब लागू हुई थी उन्नीस में लागू हुई थी तो दोस्तों आज का सेसन से यही खत्म करते हैं अभी तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आज के लिए इतना बहुत मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए दे हिंद